हो चुक गई कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक टू तो नदर गेम प्ले सीरीज तो इस सीरीज के अंदर हम खेलेंगे जी 5 जैसा कि आपको देख के पता चल रहा है तो मैं आपको पहले बता दूं यार मैं एक्चुअली सारी जितनी भी वीडियोस डाल कर जो सारी मोबाइल गेम्स पे होती थी बट अब टाइम है पीसी गेम्स को खेलने का तो भाई आपको पता है जी डी कितना तगड़ा गेम है इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है तो स्टार्टिंग के एक दो मिशन जो होते हैं कंप्लीट कर दिया ताकि मेरे को गेम पूरा अच्छे से समझ आता है कि कौन से कंट्रोल किस चीज के लिए काम करते हैं बट गेम इतना ज्यादा बड़ा है अभी भी सब कुछ समझ नहीं आया बट इतना आ गया कि हाँ भाई मैं अपने करेक्टर को कार्स वगैरह को कुछ को भगवानों को स्पेशली गणेश जी को तो भैया नमस्ते कर लिया यहां पर हमने। और ये है फ्रेंकलिन का हाउस जो कि ये इसकी वाइफ का रूम है और ये इसका रूम है तो यह फ्रेंकलिन का रूम है देख लो यहां पर आपकल देख लो कैसी है सामने से और बाकी यहाँ पर अपनी गेम वेम सेव कर सकते हैं ये है ड्राइंग रूम और जिसमें टीवी लगा हुआ काफ़ी सस्ता सा और ये है इसकी वाइफ ये है किचन और अभी हम बाहर चलते हैं और ना थोड़ी बहुत सिटी एक्सप्लोर करेंगे बाकी तो मैं अभी खेल ही रहा हूँ थोड़ा बहुत तो अभी मैं इससे पहले खेल ही रहा था और ये हमारी कार है अभी तो फिलहाल अच्छी कार है नॉर्मल कार है बट वैसे अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत तगड़ी है गेम के हिसाब से तो बाकी जैसे लोग लेके घूमते हैं उनके हिसाब से इतनी खास नहीं है बाकी यहाँ पर भाई अभी स्टार्ट ही हुआ है गेम ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है दो तीन मिशंस ही हुए हैं अभी मैं थोड़ा बहुत ना मिशन देखूंगा कि करना क्या क्या है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना यार अपने को एक ढंकी कार चाहिए क्योंकि कोई बंदा ढंकी कार लेके निकलता है ना मेरे बगल से मेरे को अजीब सा लगता है गरीबों वाली फीलिंग आती है तो अभी मैं जा रहा हूँ यार मिशन करने एक एस नाम का मिशन है मतलब एस कैरेक्टर है उस पर चलते हैं भाई देखते हैं उस मिशन के अंदर हमें बंदा फोन चलाते था रोड क्रॉस कर रहा था ऐसा गलती मेरी है क्योंकि रेड लाइट हो रही थी बट यार अब गेम में भी रेड लाइट फॉलो करेंगे तो भैया फिर फायदा ही क्या है गेम खेलने का गेम में तो भैया गेम में खेलना ही है हरकतें ही तो करनी होती है तभी तो मज़ा आता है अरे भैया हटा ले यार आ, तो यहाँ पर हम मिशन पर पहुँच चुके हैं और देखते हैं इस मिशन में क्या करना है बाकी ये है मिशन प्रीमियर ड्योलैक्स मोटर स्पोर्ट का तो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क ओके अपने आप ही पार्क हो गई है गाड़ी और वो बंदा सामने क्या कर रहा है लाल वाली गाड़ी में ओके okay, तो इनके शायद किसी बात को लेकर बहस हो रही है ओके प्राउड ऑफ पूरी इंग्लिश होती है लेकिन प्राउड को प्राउड बोलेंगे चल चल चल समझे ठीक है हमें इसके लिए कार लेकर आनी है तो हम अपनी महंगी कार लेकर जाएंगे ओके येलो मार्क को फॉलो करना है ठीक है तो बहुत इजली ऐसे मैं सही कार चला रहा हूँ आजकल ये देखो भाई तो ये ड्राइविंग देखना अब तुम मेरी बस कटिंग जाओ ओके यहाँ से लेफ्ट लेना था रे, रे, रे, रे, फ्लो फ्लो में भैया आगे निकल गए जो यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ और अभी तो फिलहाल सीधा ही लेना है कोई ज्यादा दूर नहीं जाना अब देख रहे मेरे को मिशन में करना क्या है आ, ओके कॉल आ रहा है इसका ठीक है कुछ ज्यादा ही गलत चला यहाँ से मेरे को राइट लेना है ठीक है यहाँ से राइट ले लिया अब मेरे को पहले सीधी भगानी है अब मैं रोकूंगा ही नहीं, नहीं भाई तेज चलाने सीखने गाड़ी मेरे को स्लो चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता ओके, चलो ठीक है यहीं पर आगे जाना है मैं कहीं ज्यादा ओ भाई बच गए, बच गए, अब ठूकी भाई क्या गदर एक्सीडेंट होते, होते होते बचा हमारा और मैंने इसकी कॉल पर कोई बात ही नहीं सुनी मैं अपने ड्राइव पे फोकस कर रखा पूरा पूरा फोकस मेरा मेरी ड्राइव पे ओके okay, तो हमें इस घर के अंदर एंटर होना है तो चलो यहाँ से अपनी गाड़ी एंटर करा देते हैं भाई खोलो बे भाई इज्जत ही नहीं है कोई अच्छा हाँ अपना घर थोड़ी है, हमें गाड़ी चुराने आया तो हमारे लिए गेट को थोड़ी कोई खोल जाएगा तो हमें करना क्या है यहाँ पर ये गेट है इसमें से ट्राई करते हैं अंदर चलने का फाइंड अ वे टू द इन द हाउस ओके ठीक है हमें घर में जाने का इतना रास्ता ढूंढना है घर में जाने का रास्ता ओके okay, चलो बैक साइड पर चलते हैं घर की और देखते हैं भैया कहाँ से रास्ता है बाकी अपनी गाड़ी तो चकना चूर हो गई आगे से थोड़ी थोड़ी पूरी टूट गई है भैया ओके तो ये घास वहाँ लगा रखे इन्होंने यहाँ से एंटर हो सकते क्या नहीं नहीं नहीं नहीं और ये वो हो हो टेनिस खेलने का भी बना रखा है नाइस हाउस ओके तो यहाँ नीचे से एंटर लेकिन नीचे से एंटर होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है यहाँ से तो मैं गेट के उधर से कोई जुगाड़ लगाते चलो बेटो भैया गाड़ी वाड़ी हटा लो अपनी कहाँ से एंटर हो यहीं पर एक बारी ट्राई करता हूँ एंटर होने का न्यू कार लगा था इसी अरे इसी गेट को मैं शायद टाप सकता हूँ मे बी ट्राई करते हैं चलो अभी <coughs> गिरी गया अबे सिंपल था ओके तो यहाँ पर हमें चुपचाप जाना पड़े प्लस लेफ्ट कंट्रोल टू ओके ठीक है हमें चोरी करने वाले मोड में जाना चुपचाप से एकदम ओके स्विच ऑफ चलना है गार्डनर लगा पड़ा अगर गार्डनर को पता चल गया ना तो काम ख़राब होगा बाकी कोई दिक्कत नहीं है प्लस राइट क्लिक और रा, ओके ठीक है चलो मैं गार्डनर को नॉक करना है पहले तो चलते ही ओ भाई का गदर घुसा दिया है मैंने इसके अब हमें आगे क्या करना है ओके तो ये ब्लू डॉट पे जाना है ब्लू डॉट पर क्या है सर ब्लू डॉट इसे खोल देते हैं ठीक गया अंदर कार खड़ी है ठीक है इसी कार को लेना है बट ये तो लॉक है बाहर से इसे बाहर से नहीं खोला जा सकता तो कार अंदर खड़ी हुई है अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैं घर के अंदर एंटर कहां से हो सकता हूं एक डोर ये है ये वाला डोर तो लॉक्ड है चलो हटो सारे डोर लॉक्ड होंगे वैसे तो यार मेरे हिसाब से ये विंडो से हो नहीं सकते एंटर एक एक कार खड़ी है ओके प्रेस स्पेस ओके हमें जंप करके पहले कार के ऊपर चढ़ना है gaper, अंदर घर में लड़ाई चल रही शायद ओके तो हम यहाँ से इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं ओके हमें यहाँ से घर के अंदर एंटर हो जाना है पहले अभी देखते हैं आगे क्या होता है ओके तो हम घर के अंदर एंटर हो चुके हैं चुपचाप चलेंगे ओके तो यहाँ पर लेफ्ट में ये बंदा ओ भाई बहुत क्या सेटअप है भाई साहब ये देखो लेफ्टॉप वैपटॉप लगा रखा पी एस फोर चला रहा है आराम से मूवी देख रहा शायद को नहीं ओ भाई तगड़ा तो ही बंदा है भाई पी एस सब कुछ है इस पे और ये इसकी सिस्टर है जो कि अंदर व्हाट्सअप चला रही है तो मैं नीचे से कार चुरानी है बेसिकली ज़्यादा ही नहीं रहा हूँ are... तो ये दोनों अंदर लगे पड़े पड़े अपना। और ये लेफ्ट में क्या है तो ड्रॉइंग रूम मेरे को गैराज का रास्ता ढूंढना है तो भैया ठीक तो है ये वाली कार हमें लेनी थी ये ओपन आप ओपन हो जाएगा ना चलो ठीक है ये ओपन हो गया बड़ा इजी मिशन था आ रहे तो अपने लिए खुल जा गेट अब हमें इस कार को उसे देकर आना है वापस से इसे आराम से चलेंगी उसकी कार है अपनी कार नहीं है ठुकनी नहीं चाहिए वरना भैया ओहो कॉल आ रहा है इसका कट कर देते हैं चलो आराम से ले जाएंगे इसकी कार को अभी तो मेरे को बिल्कुल सीधे ही जाना है रास्ता वैसे याद ही है कोई ज़्यादा मैप में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके छट छट छट वैसे कुछ हुआ नहीं ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ठीक है भाई लेकिन गाड़ी बड़ी बुरी तरह टुगी थी उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा अपनी तो कार थोड़ी खतरनाक लुक की है वैसे तो ज्यादा नुकसान नहीं पुछ हुआ प्रेस आर टू टॉगल द हुड कैमरा ओह माइकल कहां से आ गया अभी इस गाड़ी में क्या कर रहा था बैठ के गाइस बिहाइंड ऑन दिस फकिंग नोट अनलाइकली कंसीडरिंग माय सन जस्ट गॉट द कार एंड लुकिंग एट द वे यू आर गोइंग अबाउट दिस माय गेस भाई भाई ये ये कहां से आ गया कार में? में मेरे को गाड़ी गाड़ी तो चलाने ठीक है। है क्या कर रहा बैठ के यार। तो इसने हमारे yeah, पिस्टल तान दिया भाई। अब हमें इसकी बात really माननी पड़ेगी वरना हमें ठोक डालेगा तो भी हम पहले अपने माकर पे चलते हैं फटाफट से जहां पर हमें जाना था कार लेके अभी भी वही जाना है ऐसा कुछ नहीं है अब मैं उसकी उसकी भाई विंडो विंडो पूरा फोकस है। मैं विंडो फोकस फोकस रखना अपनी ड्राइविंग को तोड़ने में। करके। तो ऐसे ही कर ले रहा हूं। यही वाली तो विंडो ले। hey, विंडो। ओके no. okay. oh, भाई। ओहान हो गया awesome trump big for job well done okay, okay yeah, paise hame I mean, I mean, mil chuke hai hame paise se so matlab hai lekin mother so, you motherfucker to ab hum franklin ban chuke hai aur hame franklin ka character mil chuka hai aur is ganje ko hame kootna hai aa ja beta le haan ji ab isko itna ganda marunga na dekhna abhi press q2 kick okay laat maarne ke liye q abbe ye kaun si laat maar raha hai abbe ye ye kaun si laat maar raha hai ye i'm within the lines of the law press r to counter oh teri the r r se hum counter denge theek hai counter attack den counter oh! le moyi mope teri phans तो? <laughs> कस... <laughs> ki tang tere mein zyada hi jaan hai be iske andar to kuch jade kas abbe gate pe ka de raha hai ek iski gaadi pe bhi de deta ultad iske tera nuksan bhi karayenge so, hum solo bahut tez maar raha apni bari mein oh. देख लो इतना बड़ा कार का डीलर है और कार की चोरिया बिछ gonna... oh. गया, गया जमीन पे चलो ठीक है अभी हमें फ्रेंकलिन का करेक्टर भी जो है मिल चुका है अब यहाँ पर अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं अब हम दोनों करेक्टर को कंट्रोल कर सकते मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास वो है की नहीं चलो ठीक है कॉन्टिन्यू करते है अपनी गेम को और यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। ओके तो हमारे पास अब फ्रैंकलिन भी है माइकल भी है दोनों आ चुके हैं तो अभी हम माइकल बन चुके हैं अब यहाँ पर ये वाला मिशन था। देखते हैं इस मिशन के अंदर हमें क्या करना है तो ये माइकल अपने घर के अंदर चुपचाप एंट्री रे ली है और अंदर गया घर के अंदर और बारिश वाला मौसम बारिश वाला मौसम थोड़ी हो रहा बादल है बादल गरजने की आवाज कहां से आई भाई तो तो तो तो तो तो तो तो फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन परेशान हो गया अपनी भी भी बच्चों से से। लड़ रहे हैं अंदर अंदर अंदर घर के के चुपचाप तो तो तो जो जो है है है। है बाहर बैठ अपना चिल मार रहा है, तो देखते हैं है वाले मिशन के क्या करना तो पीछे फ्रैंकलिन भी घूम रहा है और किसे जिमी का कॉल hey, आ रहा है उठा के बात कर लेते रहे ओके okay तो इसकी जो याच है वो no, चोर, चोरी हो गई है तो फटाफट चल रहे हैं उसके पास उसे तो मैं कार ओहो इतनी बढ़िया कार खड़ी है और मैं जा रहा हूँ वो वाली कार लेने येलो वाली लेकिन वो तो इसी की कोई दिक्कत की बात नहीं है माइकल की कार है वो तो भी हम don't चलना सीधा है सीधा हमें बीच पे चलना है क्योंकि याच hey, इसकी man, जो चोरी हुई है माइकल की अब देखते हैं कहां पर हमें वो याच मिलेगी और किसने चुराई है सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यह है चुराई किसने अब चलते हैं सीधा याच को लेने Shit, huh? oh. तो के गाइस हम फाइनली यहां पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर इसकी याच जो है खड़ी थी और वहीं से चोरी हुई है अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है तो ये ओके okay, ओके okay, वो लेकर जा रहा है ट्रक पर हमारी या फ्रेंकलिन देखते क्या करेगा शायद ये कूद के पकड़ेगा मेरे को लग रहा है इसको ट्रक में बैठाना है चलो चलते है भाई कितनी तेज चला रहे है और सारी गाड़ी वो टक्कर मारते हुए चल रहे बेटा ट्रक के पीछे करता हूँ हाँ जिस हिसाब से बैठा वहां से चढ़ जाएगा ओह चढ़ गया ना इस भाई तो बिल्कुल बंदर था इतनी ऊँची तो जब बंदर ही मार सकते चलो अब ऐसे मारने आ रहे ओह गिरा रहा है उसको नीचे ऐसे कैसे गिरा देगा ये? ओके शूट कर रहा है उल्टा वो उस रहा शूट कर रहा था उसने गन साइड कर दी गिरा दे चल तीर अभी चढ़ गया ऊपर आराम से। ओके शायद अब मामला ठंडा है थोड़ा ओके एक और बंदा आ गया नहीं नहीं ज्यादा बंदे आन छुप रखा था लपेट लपेट इसे हमें क्या ओला का ड्राइवर समझ रखा भाई सारी लड़ाई वही कर रहा है Use holding the aim to fire. ओके तो हम फायर भी कर सकते हैं, ठीक है, है। चलते के अच्छा हैं है हमारा, खत्म एक ही गोली में निपटा दिया बंदे को। आप क्या ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेटा भी मिल गया इसे, तो वो अच्छा वो याच में बैठा हुआ था अब हमें मैंने दोनों को गाड़ी पे लेना शायद याच में तो चाहिए रहेगी ओ भाई ये कहा चला गया help! Help! Help! Help! ओ भाई फेंक दिया? ओ ah. oh, oh, भाई मैं wrong way आ गया यार shit गलती से रुक जा, रुक जा रुक जा रुक जा यार आगे शायद कट हो तो ठीक है वरना मैं गलत आ गया मेरे को इसके go नीचे go, गाड़ी रखनी है बस जा अब गलत मत बस बस सही है आ आ गया गाड़ी में आ गया अब क्या करना है चढ़ जा जा भाई अंदर लगा पड़ा है। गिर रहा है, जा रहा है है अब शायद ट्रक ड्राइवर को पकड़ना होगा बाकी सब कुछ तो हो चुका है फ्रेंकली नहीं निपटा देगा छतर को भी आना है उपजर उपजर आगे आ गया भैया क्या हो रहा है ये अबे वाला तो बगीरा है क्या करने आ गया तू तो? गाड़ी इतनी स्लो कैसे हो गई अबे गाड़ी को क्या हुआ चलो गई फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें आना था और भाई ये गाड़ी ना इतनी स्लो चली है कि मतलब बताओ इतनी धीरे धीरे पहुंची है वरना Now तो कब right? तो यही so, गाड़ी चलो इसके घर पर छोड़ कर आ जाते हैं अब अब एकदम प्रोपर चल रही है चलो घर वैसे इसका ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से शायद फटाफट छोड़ कर आ जाएंगे इसके घर पर इसी कार Oh, five, Damn, तो चलो गैस, फाइनली जो है फ्रैंकलिन उसके घर पर उसकी गाड़ी जो है पहुंचाने वाला है और पूरे रास्ते जो जिमी है माइकल का लड़का इसने भाई फ्रैंकलिन की तारीफ कर उसे परेशान कर दिया और यहाँ पर ओके तो आगे वाले कट से लेफ्ट ले लीजिए ये चुप ही नहीं हो रहा भाई तारीफ करे जा रहा है और अपने खुद के बाद मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। ओ, अपनी गाड़ी अभी तक यही पर खड़ी हुई है नाइस ये कार हमने कब खड़ी खड़ी थी अभी भी यही पर है बढ़िया है तो यहां गाड़ी लगा देते हैं। हैं, गए घर पे। like, together, you know? yeah. तो चलो भाई हमारे न्यू हो चुके डायरेक्टर मोड एक्टर अनलॉक हो चुका है और दो कॉन्टेक्ट आ चुके हैं एक है माइकल का और एक है जिमी का जो कि उसी का बेटा है अब यहाँ पर और मिशन देखते हैं कुछ और अपनी गाड़ी लेकर निकलते गाड़ी में ज्यादा कुछ है नहीं तो अपनी एक काम करते हैं चीट कोड से अपनी जो कार है उसे मंगाते हैं उसे ना पूरा मॉडिफाइड करवाकर अपने पास रखेंगे ठीक है उसे अपनी एक पर्सनल कार बनाएंगे तो चलो फटाफट अपनी एक न्यू कार मंगाते हैं अबे साले ने आगे लाके खड़ी कर दी तो चलो भाई अपनी कार आ चुकी है अब इस कार को लेकर चलने मोडिफाई करवाने यार अभी भी हम वही से आ रहे हैं तो अभी फटाफट पहले चलते अपनी कार को मॉडिफाई करवाने और देखते हैं भाई नियरेस्ट शॉप कौन सी है मोडिफिकेशन की ओके तो ये तो बहुत पास है भाई इतनी पास है चलो ठीक है इस पे चलते हैं सीधा ओ ओ ओ ध्यान से भैया महंगी कार है अपनी अब और पहली बात तो सुपर फास्ट बहुत ज़्यादा है ये अरे अरे अरे कुछ ज़्यादा ही घूम रही है तो तो वैसे यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपना मॉडिफिकेशन की शॉप में ऑटो रिपेयर कस्टम्स अब यहाँ पर अपनी गाड़ी को जो है रिपेयर करवाएंगे और गाड़ी मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से रिपेयर करवाने के बाद ही उसके गैराज में खड़ी कर दूं माइकल के तो सबसे पहले गाड़ी को रिपेयर करा लेते हैं अब पूरी कार को मैं एकदम पूरा मॉडिफाई करवा दूँगा सारा पैसा लगा देंगे इस पर आज हम तो पहले ये ले, ले लेते हैं पैसा तो बाद में भी आते रहेगा ब्रेक्स को पूरा अपग्रेड करवा देंगे बॉडी वर्क में बॉडी वर्क में क्या क्या है ओके तो यहाँ पर एक ये लग जाएगा इंजन में देख लेते हैं कौन सा है इंजन यही वाला है ई वाला करवा लेते हैं एग्जोस्ट को अपग्रेड करवा देंगे हॉर्न हमें और नीनी है। ओके okay, तो भाई कार जो है पूरी अच्छे से मॉडिफाई अभी हमारी हो चुकी है और भी बहुत कुछ था जो कि अभी हमारा ना लॉक्ड है तो ये है फाइनली हमारी जो कार है और एग्जोस्ट वगैरह देख लो भाई कार का टायर देख लो जो चेंज करवाया और यहाँ से ये यह फ्रंट आप देख सकते हैं अंदर से मैंने अंदर भी बहुत कुछ काम हुआ है गाड़ी के अंदर और ये देख लो फाइनली ओके okay, तो एग्जोस्ट भाई अलग ही अलग ही देखो भाई साहब आग छोट रहा सीधा तो चलो अब इस गाड़ी को ना पहले फ्रैंकलिन के घर पर खड़ी कर, कर आ जाते हैं नहीं एक काम करते हैं ना माइकल के गैरेज में ही लगाएंगे पास पड़ेगा वो हमें यहाँ से माइकल का जो घर है तो चलो भाई यार आज की वीडियो में इतना ही जो बाकी मिशन अभी तो यार मतलब इतना छोटा तो गेम है नहीं अभी समझ लो वन परसेंट जो है गेम का कुछ हिस्सा हुआ है अभी तो भाई बहुत सारे मिशन बाकी है तो भाई आगे जो सीरीज है वो आगे चलकर कंटिन्यू करेंगे तो अगर कर आप चाहते हो कि मैं जीटे फाइव के ऊपर और भी वीडियो डालू इसी टाइप की तो प्लीज यार कमेंट में जरूर बताना और वीडियो कैसी लगी अभी कमेंट में बताना और लाइक कर भी वीडियो को बिल्कुल भी मच जाना और चैनल पर नहीं हो तो यार को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अब जो जीटे फाइव के एपिसोड है जीटे फाइव की सीरीज जो है मेरा तो यार बहुत ज्यादा मन कर रहा है इस पर वीडियो डालने का तो चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही मेरे को बड़ा अच्छा लगा भाई आप जी डोबेल खेल आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में देख के चलो गाइस गुड बाय मिलते हैं अगली वीडियो में